बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री लगातार अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में बने हुए हैं दरअसल धीरेंद्र शास्त्री दावा करते हैं कि वो लोगों के मन की बातें जान लेते हैं जिसकी वजह से जहां भी वो कथा पढ़ते हैं, वहां लाखों की संख्या में अपने दुखों से पीड़ित लोग एक आस के साथ पहुँच जाते हैं लेकिन मन की बातें तो मेंटलिस्ट भी पढ़ लेते हैं यानी ऐसे लोग जो दिमाग पढ़ने का दावा करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जो लाखों लोगों के मन की बात जानने को चमत्कार कहते हैं वही काम मेंटलिस्ट सुहानी शाह भी कई सालों से कर रही हैं और वो इसे चमत्कार नहीं बल्कि ट्रिक मानती हैं। कौन है सुहानी शाह चलिए बताते हैं आपको इसी वीडियो में उन्तीस जनवरी उन्नीस को राजस्थान के उदयपुर में जन्मी सुहानी शाह एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है सुहानी जब कुछ साल की थी तो परिवार गुजरात शिफ्ट हो गया सुहानी के पिता फिटनेस ट्रेनर है और माँ हाउस सुहानी के बचपन की बात इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि उनका बचपन सामान्य नहीं रहा बचपन से ही उनको जादू सीखने का और अपनी कला दिखाने का ऐसा चस्का लगा कि उन्होंने कक्षा एक के बाद पढ़ाई ही नहीं की वो सात साल से जादू सीख रही हैं। सुहानी ने अपनी पहली परफॉर्मेंस भी सात साल की उम्र में दे दी थी तब वो केवल अपने मैजिक एक्ट किया करती थी स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने फुल टाइम इसी फील्ड को समय दे दिया हालांकि सुहानी के लिए ये राह आसान नहीं थी एक इंटरव्यू में वो बताती हैं कि 14 साल की उम्र तक उन्हें अंग्रेजी लिखनी और पढ़नी तक नहीं आती थी फिर उन्होंने विदेशों में परफॉर्मेंस देने के लिए अंग्रेजी भी सीखी और आज वो तीन भाषाओं में बोल सकती है हालाँकि शुरू में जब वो लोगो के मन की बात जान लिया करती थी तो लोगो को लगता था की उन्हें सिद्धि प्राप्त है लेकिन वो इसे आज भी साइंटिफिक टेक्निक मानती है सुहानी ने लोगों के मन की बात जानने को लेकर अब तक पाँच किताबें लिख चुकी हैं। साथ ही वो सुहानी माइंड केयर नाम से एक संस्था भी चलाती हैं, जो लोगों को शराब सिगरेट या किसी भी चीज की लत को छोड़ने के लिए थेरेपीज देती है सुहानी पेशेवर हिप्नोथेरेपिट भी हैं, यानी पेंडुलम नुमा चीज ऐसी वो लोगो को अपने वश में भी कर लेती है